Hey guys, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे अंदर ब्लॉक वीडियो में तो गैस ये लास्ट ब्लॉक अभी हो सकता है ये पूरा सामान देख सकते हैं आप लोग गैस यहाँ पे जितना भी सामान था मैंने पूरा आप लोगों को वीडियो में दिखा दिया ठीक है तो तो गैस यहाँ पे जितने भी आइटम दिख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ठीक है ये सब हमारे दुकान में अवेलेबल है ये नहीं है ये नहीं है बाद ये सब अवेलेबल जैसे ये नहाने वाला साबुन कपड़ा धोने वाला उसके बाद श्राफ उसके बाद ये बर्तन धोने वाला और उसके बाद कभी कभी कहाँ पे चोट लग गया तो ये एंसर प्लस है उसके बाद तो ये ट्राईड्राम जो कि खुजली होने से यूज़ होता है उसके पेन तीन लिया है, एक राइटोमीटर दो ब्लैक ही है और इसके बाद ये वाला एक लिया है ठीक है ये टेन रुपीज़ वाला तो चार कलम हो चुका है उसके बाद तीन ब्रश ये लिया आए ठीक है थीके? उसके बाद ये ब्रश करने के बाद साफ करने के लिए उसके एक कंगी उसके बाद ये ये क्लासमेट का छोटा वाला ठीक है छोटा वाला टाइप का एक लिया है मोटा सा और ये बड़ा वाला लिया है ठीक है ए फोर साइज़ का ये वाला लिया है एक ये भी दुकान में था और उसके बाद बस इतना ही है ये वाला और उसके बाद आए ना तो एक लिया है उसके बाद पेंसिल भी लिया है कभी कभी कोई काम आ जाए तो यूज़ कर सकते तो उसके लिए लिया है ठीक है ये दुकान का और दिखाता हूँ दूसरा जो अभी पूरा डिक्का चुल्ही शॉपिंग किया रंगिया से वो पूरा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा ठीक है क्या क्या शॉपिंग किया है इतना हो गया हमारा दुकान का दुकान में से इतना कुछ मिल गया है और उसके बाद सेविंग करने वाला किट ठीक है तो ये जिलेट लिया है ये शेविंग करने है। ये भी दुकान में था तो इतना सामान दुकान का हो गया ठीक है तो अभी दिखाता हूँ आप, आप लोगों को पूरा का पूरा मेरा जितना भी सामान था ठीक है तो ये तो ये बेड का गद्दा और ये जो एक ये टोपी है दो अगर मौका मिले तो लगा सकते हैं अब ठंड का मौसम आ गया तो एक बेड ऐसे लिया है ये भी कभी मौका मिले तो कहीं कहीं जाने से तो लगा लूँगा और ये कम्बल ठीक है ब्लू कलर का ये कम्बल एक है और उसके बाद यहाँ से शुरू करता हूँ ये अपना खाने वाला जो सामान ठीक है ये यहाँ खा सकते ये क्या बोलते हैं ये एक छोटा सा बर्तन गिलास चम्मच उसके बाद ये खाना खाने वाला और ये स्टील का मोक प्लास्टिक का मोक ठीक है और उसके बाद ये कपड़ा सुखाने वाला हैंगिंग क्लिप ये कपड़ा कपड़ा को क्लिप करने के लिए और ये साबुन ठीक है साबुन नहाने के बाद यहाँ रखने के लिए और उसके बाद उसके बाद ये नल कटर एक नैल कटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये क्रीम तीन दिया है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये हॉलिस एक किलो का तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है खाने के लिए और उसके बाद ये ये कोलगेट है ये भी तीन लिया है ये कोलगेट नहीं मिलता हर जगह पे इसलिए तीन और ये तेल जो मैं यूज़ करता हूँ ये भी तीन लिया है और उसके बाद ये काजू लिया है इसमें और उसके बाद किशमिश भी इधर है और ये बादाम है ये कभी कभी खा सकते हैं इसे तो उसके बाद ये सैंडल एक लिया है नया और उसके बाद डी ये वाला डी लिया है और ये परफ्यूम उसके बाद ये खागे का हाकि मुझा ठीक है सॉक्स ये दो लिया है और ये एक तीन हुआ है और उसके बाद ये वाइट वाला शू उसके बाद एक लिया है और ये वाइट वाला सॉक्स ये ये भी तीन, तीन ले आए उसके बाद ये पांच बनियान लिया है ठीक है यहाँ पे पांच बनियान है उसके बाद ये वाला टी शर्ट लिया है ये छह पीस लिया है टी शर्ट ये मच्छरदानी है ठीक है एक ये मच्छरदानी है उसके बाद हिंकी दो लिया है वाइट कलर का एक रेड कलर का भी है उसका जैकेट हो गया ब्लैक कलर का और ये होल्डर ये एक है, होड़र, होड़र लिया है होल्डर ठीक है होल्डर लिया है उसका ये पी ब्राउन कलर का और ये खाकी हाफ पेन जो होता है ये वाइट कलर का एक लिया है और उसके बाद ये खाकी खाकी पेन ठीक है ये भी एक लिया है ये एक लिया है उसके बाद ये डी को पॉलिश करना पड़ेगा इसीलिए चेरी एक और ब्रश एक लिया है ठीक है और ये ये तक तो तकिया का दो ये तकिया का दो कवर है ठीक है यहाँ पे और उसके बाद ये बेडशीट बेडशीट भी दो है और बाकी ये एक सरानी लिया है तकिया लिया है एक और उसके बाद इतना ही सामान यहाँ पे ये तो आगे दिखा दिया आप लोगों को तो मैं और मेरा कपड़ा तो है जो जीन्स पेंट ले जाना पड़ेगा दो तीन उसके बाद अभी ठंड का ही मौसम है तो फूल बाजू वाला जैकेट वो सब थोड़ा थोड़ा ले जाऊँगा जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा ठीक है कितना मुझे चाहिए तो देख सकते हैं इतना सामान है और मुझे अभी बाल्टिंग लेना है दो तो बाल्टिंग नहीं लिया है तो बाल्टिंग इम्पोर्टेंट है वो आज ले लूँगा तो गैस यहाँ पे तावेल एक और गामछा दो है इस टाइप का गामछा दो है गैस तो बैस नया चीज़ एड किया है ये टॉर्च लाइट ये नहीं किया था ये टॉर्च लाइट किया है उसके बाद ये मलम और उसके बाद ग्लूकोन डी ये इसमें डाल दूँगा ये कम था तो इसलिए ये लाया और यहाँ थोड़ा मेडिसिन उसका कोई ये तुलसी का कॉप सिरप उसके बाद ये भोलिन भोलिनी तीन पीस लाया है उसका गम जो इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंट्स के लिए और ये पिन का पिन खत्म हो गया तो और उसके ये टेप कभी इंपोर्टेंट हुआ तो और ये ठंडा दिन आ चुका है ये विक्स और ये मालिश करने वाला और उसका यह लिप गार्ट एक लिया ठीक है ठीके? बस इतना सामान तो चलिए तो बस इतना ही सामान है और बाकी थोड़ा थोड़ा डाल दिया बैग में जो जो रह गया था तो चलिए इतना ही सामान था अरे वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बोले मिलते हैं ब्लॉग वीडियो में फुल्ली जितना भी इम्पोर्टेंट था ठीक है वो पूरा ले लिया तो पूरा सामान है उसके बाद अभी मेरा कपड़ा लेना है वो लेने के पूरा खत्म हो गया बैग भी सब कुछ दिखा दिया आप लोगों को तो गैस ये वीडियो के सलाह आप लोगों को तो वैस इतना ही था आज अच्छा का ब्लॉग वीडियो में और ये ब्लॉग वीडियो आप लोगों पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना मिले मिलते हैं ना अंदर इसी तरह ब्लॉग वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय